कैंडीज तो सभी बहुत पसंद करते हैं आमतौर पर कैंडीज खाने से या तो लोगों के दांत खराब होते हैं या किसी और तरह की समस्या होती है पर ये जो जेली ड्रॉप्स कैंडीज आप देख रहे हैं इसे खाने से लोगों की जान बच रही है जी हाँ लोइस हॉर्नडी नाम के लड़के ने ये जेली कैंडीज बनाई है और ये जेली कैंडीज आपके लिए भी काफी मददगार हो सकती है तो रोज की तरह आज भी मजेदार बात बताएंगे तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को फॉलो करके वीडियो को लाइक जरूर कर ले ताकि दूसरों के पास भी जानकारी पहुँचे देखिए जिस लाइफ स्टाइल ऐसी हम जी रहे उसमें हम सब वर्कआउट काफी तेजी ऐसी कम होता जा रहा है जिसकी वजह ऐसी हम लोगो को प्यास नहीं हमें से कई लोग तो पूरे दिन में दो लीटर पानी भी नहीं पी पाते हैं जबकि हमें लगभग चार लीटर पानी पीना ही चाहिए इसीलिए पानी की बोटल हमेशा सा आपके सामने रखें और हमारे सोसाइटी में जो लोग बुढ्ढे हो रहे हैं उनका वर्कआउट और भी कम है और उन्हें तो बिल्कुल प्यास नहीं लगती इसकी वजह ऐसी ये लोग पानी पीना ही भूल जाते हैं तो उसमें लुइज की बनाई इन जेली ड्रॉप कैंडीज में नाइन्टी पानी है और ये खाने में इतनी टेस्टी होती है की ऑटोमेटिकली आप इन्हें छह ऐसी बार में खा लेंगे जिसका मतलब ये है की आपको बॉडी के अंदर लगभग दो ग्लास पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा